किसी ने क्या कमाल की बात की है कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला मैं हूं संजीव हंस और एक छोटी सी कहानी के साथ एक बार शहर में एक अमीर व्यक्ति रहते थे उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी इसलिए उन्हें अपने आप पर शायद घमंड हो गया था उन्हें लगता था कि पैसा फेंकेंगे और जो चीज़ वो चाहते हैं वो पॉसिबल हो जाएगी एक बार ऐसे ही वो पढ़ाई लिखाई यानी अकाउंट्स का काम कर रहे थे तो उन्हें लिखना बहुत थोड़ा कम हो गया और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ गई उन्हें दिखना बहुत ही कम हो गया उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें उन्होंने इलाज भी करवाया अपने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकिन बात बनी नहीं किसी ने कहा वैद जी को दिखाओ किसी ने कहा हकीम जी को दिखाओ कोई बोला जादू टोने का चक्कर है इसे वहां दिखाओ सब कुछ किया पर बात बनी नहीं वो जिस राज्य में रहते थे उसकी राजधानी में भी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाकर आए तो वहाँ भी बात नहीं बनी लोगों ने कहा विदेश में जाओ विदेश में डॉक्टरों को दिखाओ एक दिन एक डॉक्टर था वहाँ बड़ा ही नामी ग्रामी डॉक्टर था उन्होंने कहा सेठ जी ये कोई बड़ी बात नहीं है आपकी आँखों में दरअसल एलर्जी हो गई है इसका इलाज ये है कि आपको सिर्फ हरे रंग को ही देखना पड़ेगा सेठ जी बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं आसान सी बात है ये तो मैं कर लूँगा सेठ जी अपने घर वापिस आ गए उन्होंने घर में बड़ा सा गार्डन लगवा दिया अब सेठ जी दिन रात सुबह शाम उसी गार्डन में बैठे रहते हैं हरा जो देखना था उन्हें हरा देखता रहने के चक्कर में उनको सारा दिन वहीं बैठना पड़ा पर कुछ दिनों बाद बोर भी हो गए वो बोले यार तो बड़ा कठिन काम है ऐसे तो बात बनेगी नहीं सेठ जी ने कहा ऐसे करते हैं सारे घर को ही हरे रंग का करवा देते हैं तो उन्होंने अपने नौकरों को हिदायत दी कि सारे घर के अंदर कोई भी चीज कुछ भी हरे रंग के बगैर नहीं होना चाहिए सब कुछ चारों तरफ हरा ही हरा होना चाहिए पैसा था सेठ जी के पास नौकरों की कमी नहीं थी नौकरों ने काम शुरू कर दिया काम शुरू कर दिया घर की पुताई से काम शुरू हुआ और हर चीज अंदर जो थी हरी हरी आ, लगने लगी एक दिन एक बंदा वहाँ से जा रहा था उसने देखा बड़ा अजीब सा घर है सारा कुछ हरा हरा उसकी उत्सुकता बढ़ी वो घर के अंदर गया उसने देखा हर चीज ही हरे रंग की बड़ा हैरान हुआ उसने एक नौकर को बुलाया उसने कहा मुझे घर के मालिक से मिलना है नौकर बोला वो बैठे सेठ जी आराम कर रहे हैं वो सेठ जी के पास गया और पूछने लगा कि ऐसा क्या हो गया सेठ जी आपने सारा घर जो है हरा हरा करवा दिया है एक भी चीज ऐसी नहीं कि हरी ना हो नाव सेठ जी ने कहा कि मुझे एलर्जी हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सिर्फ हरा ही हरा देखना है और इसके अलावा कोई रंग और आपने देखना नहीं तो इस वजह से सारा कुछ हरा हरा करवाया है उस व्यक्ति ने जो बात तो ही वो जरा ध्यान से सुनिए उसने कहा सेठ जी अगर आपको हरा हरा ही देखना था तो सारी घर को हरे करवाने की क्या जरूरत थी सारी दुनिया को आप हरा तो नहीं करवा सकते आप इससे अच्छा एक चश्मा हरे रंग का ले लेते तो चश्मे से आपको सब कुछ हरा हरा, हरा ही दिखना था जिंदगी में अगर आप सोचेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का सोल्यूशन निकलेगा बशर्ते आप सोचना चाहें और सही दिशा में सोचें। संजीव हंस तो यही कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा जो कर ना सके आपका पैसा